गुड इवनिंग बच्चों शाम के सात बज चुके हैं आपकी क्लास शुरू हो चुकी है जैसा कि आपको पता है प्रत्येक शाम सात बजे से कक्षा नौ की एन गणित की क्लास होती है बहुत से छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसे आर्यन यादव जी जुड़ चुके हैं वेद प्रकाश अभय चौहान अर्पित सिंह नरेंद्र वर्मा और प्रतिभा सिंह अंकिता अवस्थी अश्विनी यादव उत्कर्ष देवगन प्रियंका ठाकुर सुष्मिता और राकेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं और भी बहुत से बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं जैसे कि बबलू जी जुड़ चुके हैं चांदनी अग्रहरी देव कुमार और रवि कुछ और भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कमेंट आपको नहीं दिख रहे होंगे वो भी जुड़े हुए हैं उनका कमेंट भी हमारे पास तक आ रहा है ठीक है तो पहले दो तीन मिनट हम देखते हैं कि सभी बच्चे आ जाए उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस समय शाम की सात बजे वाली क्लास का नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं जाता है जल्दी ही जाने लगेगा तो बच्चों की संख्या भारी मात्रा में आएगी ठीक है चलिए तो प्यारे साथियों आप सबको मालूम है कि आपका एक नया बैच शुरू हुआ है तो नए बैच में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं मालूम है चैप्टर वन अध्याय वन ही शुरू हुआ था क्यों भाई यही था ना चलो तो यहाँ से देखना आज आपका क्लास नंबर दो है लाइव नंबर टू इसमें क्या क्या पढ़ना है जरा समझना कल आप लोगों ने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे मैंने आपको बताया था कि पहले आपको बेसिक आना चाहिए बेसिक आपने पढ़ा था जिसमें आपने नंबर सिस्टम में प्रकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या सम संख्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या भाज्य संख्या ये सारी चीजें पढ़ा था पढ़ा था ना भैया आज क्या करेंगे उसमें थोड़ा सा बचा था क्या था रेफनल नंबर और इेफनल नंबर यानी परमीय और अपरमीय संख्या के बारे में पढ़ेंगे और परमीय अपरमीय पढ़ने के बाद में फिर हम लोग चलेंगे आपके मेन टॉपिक पर वो क्या है जो आपका बुक है एक्सरसाइज 1.1 ठीक है यहाँ पर आप लोग मालूम है क्लास नाइन्थ मैथ है वन है ठीक है बच्चा पार्टी सही है सब कुछ भाई सब कुछ मस्त है ना बच्चों चलो तो क्या आप जानते हो रेफरल नंबर क्या होती है नंबर क्या होती है अगर जानते हो तो बताओ हाँ परमीय संख्या यानी रेफनल नंबर और अपरमीय संख्या यानी E रेफनल नंबर ठीक है रुचि साख्या गुड इवनिंग रेफनल नंबर चलो समझो साथियों इनकी सामान्य जो परिभाषा होती है वो आपने सुना होगा वही संख्याएं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो रेफनल नंबर कहलाती है और वह संख्या जिन्हें हम पीएपान के रूप में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर कहलाती है लेकिन इसमें एक चीज अभी आपको और समझना है वो क्या है समझो जैसे पीएपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं का तात्पर्य तो आप सभी लोग को नहीं क्लियर हो रहा होगा जैसे मैंने अगर सेवन लिखा तो बच्चों ये रेफनल नंबर है कैसे क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं सेवन अपान है अगर अंडर रूट सेवन अपान वन लेकिन ये डज नॉट इक्वल पी अपान क्यू ये पी अपान क्यू के बराबर नहीं है एक और देखना अगर मैंने लिखा में 25 आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो अंडर रूट वाला है वो अपरमीय होगा तो ऐसा नहीं है अंडर रूट वाला भी परमीय होता है समझो अंडर रूट ट्वेंटी लिखा तो बच्चा ये प्लस माइनस पाँच हो सकता है ना और आपको पता है कि पाँच हो सकता है तो इसे हम लिख सकते हैं पाँच बटा एक फाइव अपन लिख सकते हैं और एक है? यानी ये क्या है नंबर है तो मोटा मोटा आप ऐसे समझ लीजिए कि वो संख्या जो वर्गमूल या घनमूल के चिन्ह में लगी हुई है हाँ, वर्गमूल या घनमूल के चिन्ह के अंदर है लेकिन उस संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या आ रही है या घनमूल एक पूर्ण संख्या आ रही है तब वो परमीय संख्या होती है अंडरवुट लगे होने या घनमूल का चिन्ह लगे होने के बाद भी ठीक है जैसे 25 क्या है नंबर है क्योंकि इसका वर्गमूल पांच हो सकता है समझ रहे हो ना बच्चा लेकिन वो नंबर जैसे यहां पर अंडरवुड सेवन था तो इसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकल सकता मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं प्राप्त होगी तो ये क्या होगा मतलब कुल मिला के एक शब्द में बोलें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ठीक है तो ये अपर है आ, ये आपका मान लो पहला हो गया ये आपका दूसरा हो गया इसमें आप इसे पहला मान सकते हो थोड़ा साइड में लिख करके आ, आप लोग ये बताओ एक कहीं और लिखता हूं क्या ये अंडर रूट सेवनटीन ये रेफनल नंबर है कि रेफनल है बताओ शोभा कुमारी बताइए एमजी गेमर गेमर बोलो भाई एमके ये है है कि रेफनल है? अच्छा एक और, इसमें एक और और इसमें अंडर रूट अंडर रूट 64 ये यह रेफनल है कि रेफनल है बोलो क्या है देखिए मैं एक एक पॉइंट पे आता हूं समझना इज नो uh, no बहुत अच्छे प्रकाश वेरी गुड देखो बाबू ये, तो ये क्या इसके बराबर है बोलो इसके बराबर है ये डज नॉट इक्वल पी अपान क्यू क्यू ये वर्गमूल का चिन्ह कभी हट नहीं सकता है यानी हटेगा तो संख्या दशमलो में हो जाएगी और वो भी एक क्या परफेक्ट मतलब एक प्रकार बात करें एक शब्द में पूर्ण संख्या नहीं आएगी मतलब होल नंबर नहीं आएगी ठीक है वर्गमूल जो है वो एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए इसका वर्गमूल ऐसा नहीं, नहीं निकलेगा निकलेगा लेकिन दस हमलों में आएगा पॉइंट में आएगा तो अगर पॉइंट में आएगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं आएगी ठीक है पूर्ण संख्या का मतलब पूरी पूरी टूटी टूटी ना हो जैसे आप बाजार से गए हो अः मान लो आलू खरीदने तो दुकानदार तुम्हें एक किलो आलू दिया आलू में तुम्हें दस आलू चढ़ी है तौलने पे, पर दस तो दस हो पूरी पूरी रहे ऐसा नहीं थोड़ा कम हो रहा था उसने एक आलू काट के थोड़ी रख दिया अगर काट के रख दिया तो क्या है वो फिर पूर्ण नहीं है मतलब समझ रहे हो ना उसमें आधी अधूरी कट्टी पिट्टी भी मिली है तो ऐसी नहीं होना चाहिए वैसे इसका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो फोर पॉइंट समथिंग आएगा फोर पॉइंट समथिंग आएगा यानी दस में आएगा ठीक है भाई सिद्धार्थ जी समझ में आ रहा है सुधांशु पाल कल नोटिफिकेशन जाएगा आप लोगों को टेंशन मत लीजिए यूट्यूब पे बहुत कम बच्चे आ पा रहे हैं आजकल आ, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे पा रहा है आ, तीन सेशन पहले हो जाता है इसलिए नहीं दे रहा है तो कल से देगा आप परेशान ना रहे चलो भैया तो ये एक नंबर आप इस पर लिख सकते हो अंडरवुड इधर साइड में इधर साइड में आप अंडरवुड लिख सकते हो क्योंकि ये क्या है ये रेसनल नंबर है ये क्या है रेशनल नंबर है ठीक है अखिलेश कुमार गुड इवनिंग अभय चौहान जी गुड इवनिंग सुधांशु पाल जी गुड इवनिंग चंदन कुमार गुड इवनिंग ठीक है गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग चलो क्लियर बात पक्की चलो मेरा नहीं जुड़ा है क्या अब जुड़ा है तुम्हारा जुड़ा है बच्चा जुड़ा है आइए कुछ और बात करते हैं साथियों जितने नंबर आप देखते हो अक्सर सभी रेफनल ही होते हैं बहुत कम ऐसी संख्याएं हैं जो इरेफनल होती हैं आप इतना जान लो ठीक है इरेफनल नंबर में बहुत कम नंबर होती है रियर केस में बहुत कमी मिलती है जो इरेफनल होती है बाकी लगभग सभी रेफनल ही होती है ठीक है तो आप ये समझ लो ऐसी संख्या जिसका पूरी तरह से वर्गमूल ना निकल सके मतलब वर्गमूल एक पूर्ण संख्या ना हो और घनमूल भी एक पूर्ण संख्या ना निकले वो अपर होती है एक तो ये प्रकार जान लो एक जो सिंबल होते हैं जैसे पाई का मान लो हाँ पाई पाई कमान बाईस बटा 7 होता है ना वो पूरी तरह से नहीं होता है दस हमलो में उसे बदलते हैं कभी करता नहीं है तो ये पाई क्या ही रेफनल नंबर है ठीक है एक चीज याद रखना सुनने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरोनल नंबर है बेटा लेकिन इधर अगर बात करें पाई ये इरेशनल e नंबर है ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि आप क्लास नाइन्थ में आओ टेंथ में जाओगे तो ये सब आपको पता होना चाहिए गुड इवनिंग सीमा गुड इवनिंग चलो ये क्यों है क्योंकि हम जीरो अपान वन लिख सकते हैं इक्वल पी अपान क्यू और ये क्या है समझो यहाँ पे देखो पी अपान के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये रेफनल है क्या है रेफनल है लेकिन एक चीज और समझना ये तो ठीक है लेकिन क्या ये भी रेफनल है जीरो? या फिर ना जीरो? या सेवन अपान जीरो बोलो प्रतिभा सिंह सुधांशु सु बेटा तुम अपना पढ़ लो अपना पढ़ लो परेशान ना रहो बोलो ठीक है मजा आ रही की नहीं कुछ कुछ बात क्लियर हो रही कि नहीं बोलो चलो आगे बढ़ा जाए फिर ओके भैया ओके ये नहीं है ये रेफनल नंबर नहीं है क्यों आ, क्योंकि जब इन्हें भाग करोगे तो ये अनंत आ जाएगा इनफाइनाइट आएगा ये रेफनल नहीं है ये इरेफनल नंबर है ठीक है अर्पित सिंह चंदन उत्कर्ष ठीक है ये क्यों नहीं है मैं रीजन बता देता हूं पूरा डिटेल में देखो बोर्ड हमारे पास कमी है मुझे साइड में हटना पड़ता है देखो बच्चा पार्टी जैसे मैंने लिखा जीरो अपान फाइव ना ए भाई रुक यार फाइव अपान जीरो तो ये हो जाता है साथी मेरे फाइव अपान जीरो इक्वल पी अपान क्यू और जो पी अपान क्यू का एक नियम होता है उसमें कहता है कि संख्या पी अपान क्यू के बराबर हो तब परमी होती है लेकिन उसमें लेकिन है बेटा ये है कि q डज नॉट इक्वल जीरो उसमें नियम में यह भी नीचे छोटा सा लिखा रहता है कि q जीरो के बराबर नहीं हो सकता है यानी ऐसी संख्या जिसका हर शून्य हो जीरो हो वो कभी भी रेफनल नंबर नहीं होती है इेफनल नंबर होती है, आंस जीरो हो सकता है किसी भी नंबर जो अगर लिखा है उसका अंश जीरो हो सकता है ठीक है ठीक मनीष समझ में आ रहा है आ रहा है ना जैसे देखो ये नंबर ये अट्ठाइस तो ये भी क्या है? क्योंकि ये पी अपान क्यू के बराबर है यहाँ क्यू डीरो के बराबर नहीं है पी जीरो के बराबर है चलेगा आ रहा समझ में हा? देखो मैं सामने से डोलता रहता हूँ कभी स्क्रीन छाप के नहीं हट खड़ा होता हूँ इसलिए जो सामने आ जाऊं तो गरिया या ना करो मैं कुछ ही सेकंड में हट जाता हूँ लिख लीजिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें थी वैसे परमिया परमिया में ज्यादा कुछ इसमें अब आप आपको पढ़ना नहीं है मेन पॉइंट पे आपके चलते हैं जो आपका मेन पॉइंट है हुँ? ठीक है मेन पॉइंट पे चलते हैं साथ ही मेरे आप लोग खोल लो बस ओपन करिए सभी बच्चे एनसीईआरटी किताब किताब लिए लिए हो हो जो लिख के कमेंट करें हाँ जो ना लिए वो ना बुक लिए एनसीईआरटी एनसीआरटी वाली नहीं बोलो कल से बच्चे आएंगे ढेर सारा धूमधाम से आएंगे कल से सब आएंगे धूमधाम से हाँ बोलो बोलो लिया नहीं ठीक है बहुत अच्छे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चा पार्टी वेरी वेरी गुड बेरी गुड कल वाले में 500 लगभग देखे हैं अभय चौहान प्रकाश हर्ष अर्पित सुधांशु वेद प्रकाश चंदन कुमार अभय प्रतिभा हाँ पाई कमान थ्री पॉइंट समथिंग होता है कोई एक पूर्ण संख्या नहीं आती है वो क्लियर नहीं निकलता है ठीक है जो नहीं लिया है कोई बात नहीं है आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है ना एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जाता है आपका कोई भी बुक है मनोहर प्रकाशन है नगीन प्रकाशन लक्ष्मी प्रकाशन बालाजी प्रकाश राजीव प्रकाशन और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे प्रकाशन है आपको सिर्फ अपना चैप्टर खोलना है बस किताब का टेंशन नहीं रखना है कि ये किताब नहीं वो नहीं भैया देखो अगर आपको अपने किसी दोस्त के घर जाना है और उसके घर जाने का दो रास्ता है एक तो सीधा पक्की पक्की रास्ता है एक खतारिया कहीं है तो है तो चाहे खतारिया जाओ चाहे पक्की सड़क से जाओ पहुंचोगे उसके घर है तो वैसे ये मैथ में आपका बुक कॉलेज हॉल है कि जिस किताब से पढ़ोगे चैप्टर वही रहेंगे क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं बस जैसे अगर कहा जाए एनसीईआरटी वाले में तीन और चार के बीच पांच परमी संख्या पूछा है तो अगर तुम्हारी किताब मनोहर प्रकाशन की है तो हो सकता है इसमें ऐसा पूछा हो छाइए सवाल गिनती बदली है ना तो इससे टेंशन मत लो अगर आप नियम सीख जाओगे तो आपको सब आने लगेगा ठीक है सिर्फ आपको नियम सीखना है चलो एक्सरसाइज खोल लीजिए वन पॉइंट कह कहरा क्या शून्य एक परमीय संख्या है सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछा है आ, क्या इसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और आ, पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू डेजनाटिक कॉल जीरो बताइए जवाब दीजिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट कह रहा बेटा कि क्या जीरो एक परमीय संख्या है अभी मैं यही तो पढ़ाया हूँ यह भी कह रहा है क्या इसे पी अपान के रूप में लिखा जा सकता है बोला हो चाचा लोग लिख दो हाँ हाँ शून्य एक परमीय संख्या है एक संख्या है और इसे पी अपान के रूप में भी लिखा जा सकता है और कैसे लिखा जा सकता है क्यों लिखा जा सकता है मैं अभी सब बताया हूं तुमने पढ़ा देखा है समझा है ठीक है चलो ये पहला हो गया दूसरा नंबर कह रहा कि तीन और चार के बीच में छह परमीय संख्या ज्ञात कीजिए तो ये परमीय संख्या के बीच परमीय संख्या इसको तो मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं बता रहा हूं पहले आप क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्वेश्चन नंबर चौथा देखो तीसरा तक अभी नहीं बता रहा हूं हाँ चौथा क्योंकि पहला और चौथा एक जैसा है पहले मैं पहला और चौथा बता दे रहा हूं फिर मैं दूसरा तीसरा बता दूंगा ठीक है बोलो भैया ठीक है ना चलो तो क्वेश्चन नंबर फोर देखो कह रहा कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए नीचे जो कथन दिए हैं स्टेटमेंट दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स हैं अगर ट्रू है तो वाई अगर फाल्स फाल तो क्यों पहला स्टेटमेंट प्रत्येक प्रकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है बोलो ये सही लिखा है कि नहीं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है बोलो नेचुरल नंबर कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर देखो भैया पहले लोग लो समझ लो इसका क्या है समझ लो फिर बताना देखो एक्चुअली जो नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या की बात हो रही है इनकी शुरुआत होती वन से, one, two, three, डा, डा, डा, डा, डा, अनंत, ठीक है? और जो पूर्ण संख्या होती होल नंबर होती राजा ये क्या होती है जीरो से होती है अनंत तक ये भी होती है ठीक है तो कह रहा जितनी पूर्ण संख्या है वो सभी सॉरी जितनी प्राकृतिक संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या होती है हाँ सही है सही है क्यों क्योंकि ये से रहे तो ये तो सवा से रहे। जैसे तुम किसी को एक थप्पड़ मारो तो तुमको चार थप्पड़ मारे समझ रहे हो ना तो अपन हिसाब तो बराबर कर लिया थोड़े में और तीन तुमको एक्स्ट्रा भी दे दिया समझ रहे हो ना वैसे है इनकी शुरुआत से होती है, पे होता है। ये ये से से ही ही शुरू हो जाता है है है है और पीछे से ही। तो यानी इनका ये पूरा पूरा जितना सिस्टम इसमें आता है ना? आता है ना ना <coughs> बस समझ गए आप लोग इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं <coughs> बात ना करो सिर्फ पढ़ाई करो कल बहुत सारे बच्चे आएंगे आप लोग क्लास को लाइक शेयर करते हो नहीं भैया हम्म प्यारे साथियों आप लोगों को मैं ये कहता हूं कि आप डेली क्लास को अपने दोस्तों में शेयर किया करिए आप दो दिन से यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे रहा क्योंकि क्लास ज्यादा हो जा रही है इसलिए मैं एक क्लास बंद करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन जाएगा ठीक है तब देखना दो दो सौ बच्चे तीन तीन सौ बच्चे आएंगे फिर मजा आएगी धूमधाम से ना कल से देखना मैं बच्चे बढ़ाता हूँ कल से चलो अगला स्टेटमेंट देखते हैं साथियों माइक्रोफोन की बैटरी डिस्चार्ज है हो सकता है कुछ देर में अभी आवाज आना बंद हो जाए हा? हो सकता है कुछ देर में आवाज आना बंद हो जाए तो मैं अभी बैटरी चेंज करूँगा भागना अगर आवाज बंद होगी तो ठीक है दूसरा आप लोग जवाब दो तब तक मैं बैटरी बदल देता हूँ प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है बोलो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है यानी एवरी इंटीरियर जो है वो होल नंबर होता है बोलो हाँ या नहीं बोलो हाँ या नहीं उसके बाद तब तक मैं बैटरी चेंज कर देता हूँ प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है बैटरी बदलने जा रहा हूँ आवाज बंद होगी टेंशन मत लेना आवाज बंद हो जाएगी कुछ देर के लिए हेलो फिर से आ गई आवाज ना चलो मैं इसको चार्ज में लगा देता हूं आप लोग जवाब दो क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है यानी जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या भी है हाँ या नहीं बोलो बोलो भाई बोलो देखो एक बात कर रहा पूर्णांग की हम्म समझो पूर्णांक यानी इंटीजर पूर्णांक क्या होता है ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाता है माइनस इनफिनिटी से शुरू होता है आ? और प्लस इनफिनिटी तक होता है और पूर्ण संख्या जो होती, होती है वो क्या होती है भैया वो जीरो से ही शुरू होती है यानी इसमें माइनस वाली संख्या नहीं होती है तो कह रहा जो प्रत्येक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होता है नहीं गलत है, है क्योंकि पूर्णांक में तो माइनस पांच भी है यह धन पुर्क नहीं रिड़ पूर्णाक है पूर्णांक में तो माइनस का एक हजार पचास भी है लेकिन पूर्ण संख्याएं जीरो से ही शुरू होती हैं जीरो के पीछे नहीं जाती है माइनस में नहीं होती है इसका आंसर होगा ना क्योंकि जीरो तो इकोल नंबर है बट नेचुर नंबर नहीं है ये तो कहीं और जा रहे इंटीजर का बेस फ्रॉम क्या होता है पता नहीं ये सब कहा जा रहे हैं ठीक है इसका आंसर होगा ना ये फाल्स है गलत है तीसरा पे आ जाओ इसका तीसरे पार्ट में आ जाओ भैया तीसरे पार्ट में आ जाओ बेटा क्या कह रहा है देखो समझो तीसरे पार्ट में कह रहा है कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है बताओ जितनी भी रेफनल नंबर है वो एक होल नंबर होती है हाँ या नहीं बोलो एक वन पॉइंट वन चल रहा है भाई जो लोग पूछ रहे हैं परेशान है 1.1 चल रहा है कौन सा चल रहा है 1.1 ठीक है देखो बेटा ये भी गलत है ये भी गलत है ये कह रहा है कि जितनी भी परमीय संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी जैसे कहा जाए कि क्लास नौ में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट पूर्णांग पाएंगे परीक्षा में तो ऐसा कहा संभव है अरे ये गदहिया को बताओ इनका कब पूर्णांग मिले तो ये गलत है ना उसी तरह से जो पढ़ रहा ईमानदारी से मेहनत कर रहा उसको मिलेगा हम्म तो साथियों जो परमीय संख्या है प्रत्येक की बात कर रहा है जैसे सेवन हो गया परमीय संख्या है ये पूर्ण संख्या भी है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 9 लिखा या 12 लिखा ये सभी क्या है यह परमीय संख्या भी है पूर्ण संख्या भी है लेकिन मुसीबत वहां आ जाती है कहा जब कौनो नंबर ये फ्रैक्शन में हो जैसे 3 बटा पांच ये परमीय संख्या है ये रेसनल नंबर है लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि पूर्व संख्या का मतलब है वो पूरा पूरा आधा तिहा नहीं जैसे आप केला खरीदने जाते हो एक दर्जन लेते हो तो बारह केला मिलता है क्यों भैया हमारे यूपी में तो ऐसे मिलता है कुछ जगह केला तौल के मिलता है तो हमारे यहाँ तौल के नहीं मिलता है लेकिन कहूं देखे हो कि अगर एक दर्जन केला ले रहे हो उसमें तोड़ के आधा केला भी दे रहा है ऐसा नहीं होता है ना हा? लेकिन अगर गुड़ खरीदने गए गुड़ जानते हो गन्ना से बनता है या चीनी अगर दुकानदार एक किलो तौल रहा है थोड़ा कम पड़ गया तो फोड़ के और रख देता है बोलो होता है ना तो वो क्या है पूर्ण नहीं होता मान लो गुड़ खरीदने गए, लड्डू खरीदने गए, वैसे लड्डू में तो कोई दुकानदार फोड़ के नहीं रखता थोड़ा सा एक के रखता है लेकिन गुड़ वगैरह करते हैं दुकान वाले तो मान लो अगर सात भेली गुड़ चढ़ा है तो सात रहे उसमें थोड़ा सा फूटना न रहे समझ रहे हो ना तो वैसे इसमें क्या फुटना हो जाता है यानी इसको अगर हम दसम्बलो में बदलेंगे तो क्या होगा ये पॉइंट में आ जाएगा ये दसम्बलो में आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स आएगा यानी ये एक नहीं पूरा हुआ पूर्ण का मतलब पूरा पूरा रहे या तो एक रहे या दो रहे या तीन रहे या चार रहे लेकिन साढ़े ना रहे पूर्ण का मतलब यही होता आप इतना जान लो मोटा मोटा ठीक है ना बच्चा पूर्ण का मतलब होता है या तो एक रहे दो रहे तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस कुछ भी रहे लेकिन पांच दशमलव तीन दो दशमलव एक एक दशमलव सात ऐसे न रहे यही मतलब है। है? तो ये क्या? ये पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि जीरो दशमलव छह है यानी पॉइंट में आ रहा है तो कोई भी जो भिन्न के रूप में लिखी गई नंबर है अगर उसको भाग देने के बाद ऐसे कुछ आ रहा है गड़बड़ टाइप का तो परमीय संख्या तो है नंबर तो है लेकिन वो होल नंबर नहीं है नहीं है रे बाबा नहीं है क्यों नहीं है इतना देर से कहा तो तो राम कथा सुना रहे हैं? नहीं है बताया तो इतना देर ना चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ आयुष समझ में आ रहा है देखिये बच्चों की संख्या लास्ट तक चालीस पचास हो ही जाती है भले YouTube हुआ नोटिफिकेशन ना दे क्योंकि बच्चे हमारे नाइन्थ वाले ना बहुत जोशीले टाइप के हैं ये कही न कहीं ना कहीं खोज लेते हैं खोज निकालते हैं चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाओ एक बार सभी साथ ही फटाफट क्लास को लाइक करके अपना नाम कमेंट कर दो जल्दी से खटा खट चलो एक साथ में पानी वानी पीलो बगल में रखे रहो थोड़ा बीच बीच में मुंह सींचते रहो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें हल करना पड़ेगा अब यह कहानी बताने से काम नहीं चलेगा आओ बात करते हैं देखिए बच्चा अगला है तीन और चार के बीच छह परमीय संख्या क्वेश्चन नंबर सेकेंड है तीन व चार के बीच छह संख्या ये बताना है ठीक है इसको हल करने के पहले एक चीज सुन लो एक चीज समझ लो इसको हल करने के पहले इसका आंसर मिलना जरूरी नहीं किताब से और सभी का लगाया मिलेगा भी नहीं अब कहोगे गुरुजी कौन पढ़ाई पढ़ावा कि उत्तर ना मिले किताब से तो पहले मतलब समझ लो फिर जो मर्जी वो करना देखो बच्चा पार्टी अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ये बताओ बबुआ से लेकर के दस इसके बीच का कोई दो अंक संख्या बताओ दो अंक बताओ सुनना ध्यान से इसके सुन से दस के बीच की कोई दो गिनती बताओ तो मान लो पवन ने बता दिया कि गुरुजी जी पांच और सात होगी और प्रतिभा ने बता दिया एक और मान लो चलो दो और तीन होगी हर पूजा ने बता दिया कि आठ और नौ होगी और ये सुधांशुआ बताया कि नहीं छह और आठ होगी ये बता इसमें किसका गलत है बोलो किसका गलत है फिर सवाल ये था कि वन से दस के बीच की कोई दो गिनती बताओ जिसमें चार बच्चों ने आंसर दिया एक बच्चा बोला पांच सात होगी दूसरा बोला दो तीन होगी तीसरा बोला आठ नौ होगी चौथा बोला छ आठ होगी बेतंजय त्रिपाठी कोई गलत बताया नहीं ना इसका मतलब सभी ने सही बताया तो उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों बच्चों जो दो परमीय संख्या होती है उनके बीच में अनंत संख्या होती है इनफाइनाइट होती जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है तो हम लोग के हाथ में जो लगता है वही निकाल लाते हैं समझ रहे हो ना यदि तुम्हारी आंख बांध एक कमरा में भेज दिया जाए और उस कमरे में खूब लड्डू है लड्डू भर भर के रखा गया है हा? और तुम, तुम जाकर कहीं से भी लड्डू पकड़ के लगाओ हो। हो? है, तो तो है, है, है तो इस कारण से इसका आंसर प्राया नहीं मिलता है हा? जो आप लोग लग लगाते हो किताब से मैच नहीं खाता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये तो किताब से मिल ही नहीं रहा है ये तो किताब से मिल ही नहीं रहा है तो बेटा तरीका सही लगाओ तरीका सही लगाओ किताब से मिलना जरूरी नहीं है लेकिन यहाँ गलत नहीं करना बस ठीक है अब जैसे एक से दस के बीच की गिनती पूछा था तो अगर कोई बता दिया पंद्रह और अठारह होगी तो उसका गलत है ना गलत है ना पंद्रह अठारह गलत हो जाएगा ना भैया हम्म चंदन कुमार गुड इवनिंग चलो बेटा ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो अब समझो इनको कैसे करेंगे सबसे पहले हम इन्हें आंसर हर के रूप में लिख लेते हैं तीन बटा एक चार बटा एक ठीक है देखेंगे इनके हर बराबर है कि नहीं आंसर हर आप लोग जानते हो देखो इनके हर बराबर है ना बराबर है ना चलो तो क्या करेंगे दूसरी बार में ध्यान दीजिए अगर हमें छह परमीय संख्या निकालनी है तो साथी मेरे इसमें हम सात से गुणा करेंगे अगर आठ संख्या निकालनी है तो नौ से गुड़ा करेंगे अगर तीन संख्या निकालनी है तो चार से गुणा करेंगे जितनी निकालनी है उससे एक अधिक से गुणा करेंगे ठीक है याद रखना इस तरह से आप लोग क्या करेंगे इसे फाइंड कर लेंगे क्लियर चलो हाँ एक चीज और है ये जरूरी नहीं होता है कि अगर हमें आठ परमीय संख्या निकालना तो नौ से गुड़ा करें पांच निकालना है तो चार से गुणा करें कहीं कहीं कम में भी जुगाड़ लग जाता है जैसे अगर छह परमीय संख्या निकालनी है तो हम चार से गुड़ा करके भी छह संख्या निकाल सकते हैं लेकिन अगर ये तरीका अपनाएंगे जो बताया अभी तो कभी आपको दोबारा तिबारा नहीं हल करना पड़ेगा नहीं उसमें आपको फिर ट्राई करना पड़ता है कि इसमें निकल रही नहीं निकल रही निकल रही कि नहीं निकल रही ठीक है तो ये तरीका अपनाओगे जब तो ज्यादा आपको आसानी होगी तो बेटा छह संख्या निकाल है तो हम सात से इनको ऊपर नीचे गुड़ा करेंगे यानी सात से गुड़ा सात से बाघ तो ये सात तरीके इक्कीस बटा और ये अट्ठाईस बटा ठीक है ये हो गया अब नीचे आप लिखोगे अतः 21 बटा सात व 28 बटा सात के बीच छह परमीय संख्या छह परमीय संख्या इनको लिख लो लाइन से पहले 21 बटा सात और उसके बाद इनको यहां लिख लो 28 बटा सात बीच में मैदान छोड़ दो और छह संख्या निकाल लो ठीक है ये देखो 22 बटा सात तेईस बटा सात चौबीस बटा सात पच्चीस बटा सात छब्बीस बटा सात सत्ताइस बटा सात हो सकता है कि आपके किताब से मैच ना कर रहा हो क्योंकि इनके बीच में इतनी ही संख्याएं नहीं है और भी बहुत सारी संख्याएं हैं समझ रहे हो ना लेकिन तरीका यही है तरीका यही है जो बुक वाले लगाते हैं कुछ और भी तरीके होते हैं कुछ भी करेंगे परमीय संख्या उसी के बीच वाली आएगी जैसा कि मैं इस सवाल को हल करने के पहले आपको बता दिया था आंसर का क्या रीजन है ना मिलने का ठीक है समझ गए ना उत्कर्ष जी किशन आंसर मैच कर रहा है कि नहीं आप लोग का मिला लो पहले जो एन वाले हैं नहीं मैच खाएगा तब भी टेंशन न लेना जो तरीका बताया हूं आप वैसे करते जाना बस ठीक है बबुआ समझ रहे हो ना इसमें तो फिलहाल मैच खा रहा मुझे लग रहा है लेकिन हर जगह नहीं मैच करेगा हर जगह आंसर मैच नहीं करेगा परमीय संख्या के बीच परमीय संख्या वाले में ये बात याद रखना ठीक है लेकिन तरीका सही लगाना नहीं तो तुम गलत गलत कर दो कह दो एक गुरु हमारा सही है ओ तरीका सही लगाना सभी समझ गए ना तो जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे साथी जुड़े हैं वो सभी इस सेशन को लाइक जरूर करें लाइक like जरूर करें हा ठीक है बात पक्की ना बात पक्की ना चलें आगे बढ़े चलो चलो किसी को कोई डाउट तो बताओ कोई डाउट है क्लास के बारे में नहीं ना बच्चों 40 मिनट की ये क्लास होती है 40 मिनट हो चुका है तो आज का क्लास यहीं पे बंद होगी और एक चीज ध्यान रखना अगर आप डेली क्लास पाना चाहते हो ना तो आप एक काम करो पीवीआर स्टडी क्लास नाइन ऐसे लिख करके आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करो कहां पे टेलीग्राम कहा तो आपको क्लास नाइन का एक चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पे मतलब एक ग्रुप मिल जाएगा सॉरी उस पर टेलीग्राम पे टेली उसमें हर दिन क्लास की लिंक भेजी जाती है जब चालू होती है ठीक है ध्यान रहे, उस ग्रुप में तुम मैसेज नहीं भेज पाओगे सिर्फ क्लास की लिंक आएगी तो पढ़ पाओगे बस मैसेज तब भेज पाओगे जब तुम पांच साथियों को जोड़ोगे उस ग्रुप में मतलब मेंबर में लाकर के, ठीक है तो चाहो तो ग्रुप में पांच में जोड़ के मैसेज भी कर सकते हो बातचीत कर सकते हो सर से और चाहे तो ऐसे जुड़े रहो कोई भी डाउट है नीचे नंबर चल रहे उन पर संपर्क करिए क्लास का टाइम याद रखिए शाम को सात बजे से रोज होती है कक्षा दस वालों का सुबह आठ बजे से चलता है सुबह आठ बजे से ये मार्च 2022 की अपडेट है हो सकता टाइम बदले तो आपको बताया जाएगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद रात नौ बजे से बेसिक मैथ होगी जिनको मैथ नहीं आता सीखना चाहते हैं रात नौ बजे से फिर से आ जाएंगे वो